तो आज की वीडियो में हम लोग सुनने जा रहे हैं वापिस से फ्री काफ फायर जिसमें हमारे पास जीरो डायमंड है, 600 गोल्ड है वो भी हम पता नहीं क्या कर रहे हैं और यहाँ पे उनका असर भी आया कि तीस रुपये में 200, 300 डायमंड लेके जाओ और अभी जो है मैं वीडियो बना रहा था रुतने में मम्मी आ गई और पता मेरा को सीज़न ट्वेंटी नाइन का आ चुका है और मैं गोल्ड वन पे पहुंचा था हार के यहाँ पे डाल दिए हम और अभी ये आज से आया था और चौदह दस को नया सीज़न आएगा इसका और ये पता नहीं हाँ बराबर उसका ही है पर ही हमारा छ छौ। छम रिकॉर्डिंग होगा और नाइस मेरे को बंदा नहीं दिख रहा जिससे मैं उसको चुपचाप गोली मा सकूँ मैं चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग जल्दी हो फिर मैं वीडियो को जल्दी से एडिट करके आज अपलोड आजकल में अपलोड कर दूँ मेरे को एक भाई कमेंट है कि माइनक्राफ्ट माइंड क्राफ्ट के लिए कॉन्सेप्ट कितने जी बी की रिक्वाइमेंट रहेगी मिनिमम प्लस रिकमेंडेड में तो आपको दोनों साथ अभी लास्ट स्क्रीन में दिख जाएंगे देंगे तो, तो, तो इंस्टाग्राम पे भी चाट अपलोड हो जाएंगे बन के, के गाइस और दोनों चार्ट प्रेज़ हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे रिकमेंडेड प्लस मिनिमम और हर वीडियो के एंड में मैं जितनी भी हैवी गेम है जो पीसी में चलाने के लिए रिक्वायरमेंट तो खासी मांगता है तो मैं डाल दूँगा कमेंट में हर वीडियो के, के कमेंट में डालूंगा और हर वीडियो के बाद एक नया चार्ट इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे अपन और जिन लोग को नहीं पता हम इंस्टाग्राम मेरा आपको लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और <स्ति> तो मेरे को खुद को भी याद नहीं कि इंस्टाग्राम आईडी डी जो कि मेरे इसके नाम से है कैनल के अगली तीसरी चौथी बार जीतते हुए और उनका बेटा इतना अच्छा है में तो फिर मेरे को जितना पता है तक तो इसमें रिकॉर्डिंग शायद से मैं अच्छी खासी ठीक से, तो से ये वाओ मेरा फायर बटन भी नहीं आ रहा है आ, है है। लो लो अगर अच्छा अगर लगा तो जल्दी से लाइक कर दो और एक प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन जो है उसको उसके बाजू में बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी लाइव स्ट्रीम और उसकी। और नेक्स्ट फ्राइडे जो आने वाला है मतलब ये जो नेक्स्ट इसके भी बाद तो वो नहीं उसके भी बाद वाला नेक्स्ट है उसमें मेरी बर्थडे है तो आई होप अब बर्थडे वाली लाइव स्ट्रीम में जुड़ोगे और चार तारीख को मेरे भाई का बर्थडे आएगा संडे के दिन नेक्स्ट काूंगा उसको भी देखूँगी हो खुद होगी संडे इसलिए हम लोग करने वाले हैं वो लाइफ स्ट्रीम दस बजे दस बजे के बाद होगी